हज़रत ए बुजगफारी तैयार सख्ती करने लगे सहाबा पे बहुत ज्यादा तो हज़रतमान गनी रदी अल्लाह तु ने फरमाया कि अपने मिजाज के लिहाज से तो दुरुस्त हैं पर जो चीज़ आप तारी करना चाहते हैं जब शरीय गुंजाइश देती है तो आप क्यों इतनी सख्ती फरमाते हैं फरमाने लगे ठीक है फिर मुझे रफ्ज़ा जाने की इजाज़त दे दो एक बस्ती थी जंगल था वहाँ कोई आता जाता नहीं था असी किसे देखो जो नहीं जला कर ना कुछ हड्डा दर्दी हज़ूर ने कहा था ना यम शिकाह केला चलेगा चले गया सैरना गा कुछ बकरिया ले जाओ दूध पी लिया करना फरमा उम नवाजियाँ मेरे साथ रहती तशरीफ ले गए तनहा खजूर के खुश को टुकड़े खाते इबादत करते अल्लाह को याद करते बड़े बड़े लोगो ने आके कहा अब आपकी बड़ी शान है हमारे साथ चले फरमाया छोड़ो कहा मंशूर हम और कहा हंगामे मुहबत के एक हजरे में रहते हैं खुदा को याद कर